ब्रह्मांड में कोई भी तारा दर्शकों स्थिर नहीं है सभी चलाएमान हैं। इनकी गति तीन प्रकार की होती है अग्रगमन दूसरी होती है नियमित गति और तीसरी होती है किरण गति तो दर्शकों देखिए नियमित गति क्या होती है नियमित गति होती है जो है जिसे स्वगति कहते हैं मतलब अपने आप जो चलता है सत्रह में सबसे पहले टॉलमी द्वारा निर्धारित किया गया कि तारों की अपनी चाल होती है मतलब उन्होंने तारों को देखा और फिर बाद में जब देखा तो उनके स्थान में परिवर्तन आ रहा है तो यहीं से प्रतिपाधित हुआ कि स्थिर तारों की भी अपनी स्वगति होती है हम लोगों के ऋषि मुनि ये लाखों वर्ष पूर्व कह गए इसी स्टार्स पर इसी तारों पर आज हम बात करेंगे और जेष्ठा नक्षत्र के बारे में आज हम बात करेंगे कि जेष्ठा नक्षत्र क्या है इसके स्वामी क्या है यदि जेष्ठा नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ है तो जातक के अंदर क्या क्या जो है गुण पाए जाएंगे तो नमस्कार दर्शकों मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं अपना ऐतिहासिक चैनल एस्टोबिद आशीष और उम्मीद करते हैं दर्शकों की आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बगल में बना हुआ बेलाइकन ज़रूर दबा दिए होंगे ताकि जब भी हम लाइव आएँ तो नोटिफिकेशन आप तक की पहुंचे और आप लोग हमसे जुड़ करके लाइव अपने क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं टेलीफोन के द्वारा भी लाइव आप हमसे बात कर सकते हैं तो देखिए दर्शकों जेष्ठा नक्षत्र का जो विस्तार क्षेत्र है दो मतलब टू टू सिक्स से लेकर के टू अंश तक की जो क्षेत्र होता है ये जेष्ठा नक्षत्र का जो है क्षेत्र कहलाता है चूँकि इस्लाम के लोग भी हमारे इस वीडियो को देखते हैं तो अरब के लोग इसे अलकलब कहते हैं यानी अलकलब का मतलब हो गया बिच्छू का दिल ग्रीक के लोग जो होते हैं इसे इंटारिस कहते हैं और चीन में जो है बोला जाता है सीऊ सी बोलते हैं जेष्ठा नक्षत्र के जो स्वामी देव होते हैं इंद्रदेव होते हैं इनके जो स्वामी ग्रह होते हैं ये बुद्ध होते हैं इसकी जो राशि होती है वृश्चिक राशि में देखिए सोलह से लेकर के तीस तक की भारतीय खगोल का यह अट्ठारहवा गंड और तिछ संज्ञक नक्षत्र है जी गंडमूल नक्षत्र है इसके तीन तारे हैं इनसे कुंडल के आकार की आकृति या गोलाकार या छतरी जैसी आकृति बनती है वो जो बिच्छू का बताया नहीं है, अरबी लोग कहते हैं तो कुंडल के तरीके की आकृति बनती है देखिए दर्शकों सीधी सी बात जानिए कि ज्येष्ठा का क्या अर्थ होता है ज्येष्ठा का अर्थ ही होता है बड़ा चाहे वो पद में हो चाहे वो आपसे उम्र में हो फिर चाहे वो वरिष्ठता में हो इसे इंद्र की पत्नी माना जाता है यह रोहड़ी के विपरीत है यह अशुभ क्षय कारक तामसिक स्त्री कारक नक्षत्र है इसकी जाति जो होती है दर्शकों ये कृषक होती है इसकी योनि मृग होती है और इसका जो गढ़ होता है ये राक्षस होती है और जो नाड़ी होगी ये अंत होगी ज्येष्ठा का जो दिशा का जो है घोतक है ये पश्चिम दिशा का स्वामी है इंद्र के बारे में आ जाते हैं क्योंकि इन्हीं के देवता इंद्र हैं देखिए दर्शकों बताना चाहेंगे कि इंद्र को हमारे ऋग्वेद में बारह आदित्य में पाँचवें आदित्य माना गया है इंद्र की मादा माता का नाम अदिति और पिता जो हैं इनके कश्यप ऋषि हैं इनकी पत्नी जो है शची हैं और इनका जो वाहन है आप सभी लोगों को पता होगा इरावत है तो ये तो था इंद्र के बारे में देखिए दर्शकों इंद्र क्या करते हैं वर्षा लाते हैं तो जब भी वर्षा आएगा तूफान लाते हैं तूफान आएगा कहीं भी युद्ध होगा तो जेष्ठा नक्षत्र का वहाँ प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा चूंकि इंद्र को वर्षा का तूफान का और युद्ध का देवता भी कहते हैं तो कहीं भी बाढ़ आएगी कहीं भी सुनामी आएगी तो जेष्ठा नक्षत्र का कहीं ना कहीं प्रभाव आता है प्रडिक्शन भी नक्षत्रों को देख करके किया जाता है पौराणिक कथाओं में यदि हम बात करें तो इंद्रदेव जो थे ये बहुत ही इनके अंदर कामुकता ज़्यादा थी और वीर भी थे बौद्ध परंपरा में इंद्र को शक्र कहा जाता है हिंदुओं में चूंकि इन्हें देवताओं का राजा माना गया है स्वर्ग का अधिपति माना गया है एक चीज और बता दें पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चूंकि इंद्र के अंदर कामुकता अधिक थी तो महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या से इन्होंने जिनाह किया इस कारण गौतम के अभिशाप से इंद्र देव जो थे ये बहुत ज्यादा पीड़ित हो गए थे और जो भी मतलब जो है इनके अंदर की सेक्सुअल पावर कहले थी वो सब खत्म हो गया था तो फिर अग्नि की सहायता से इंद्र ने जो है पुनः अपनी जो है रूप प्राप्त किया और अपने अंदर की जो भी इनकी जो है सेक्सुअल पावर थी इन्होंने प्राप्त कर ली थी ऋग्वेद की लगभग 250 सौ ऋचाओं में इंद्र का उल्लेख मिलता है यदि आप लोग ऋग्वेद पढ़े तो लगभग 250 सौ हैं, जिनमें आपको इंद्र का उल्लेख मिलेगा दर्शकों इस नक्षत्र की कुछ विशेषताएं भी हैं क्योंकि इसके स्वामी ग्रह बुद्ध भगवान विष्णु की प्रतिछाया है चंद्रमा इस नक्षत्र में कभी कभी गरीबी और दुख का कारक भी होता है ऐसे जातक जिनका ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म होता है अल्प हैं, शक्तिशाली बहुत ज्यादा होते हैं उनके भुजाओं में दम बहुत होता है और आकर्षक भी होते हैं ज्येष्ठा की प्राथमिक प्रेरणा अर्थ या सामग्री की समृद्धि है या भी एक जो है हमने आपको बताया कि गंडमूल नक्षत्र में आता है देखिए दर्शकों ज्येष्ठा नक्षत्र के जन्मे कुछ विभूति है इनका हम नाम बताएंगे तो आप समझेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन का भी जो जन्म हुआ था ये ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ था अब सोचिए कि अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे आप भी वो बन सकते हैं हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ था भारत रत्न इनको मिला था और कितने मतलब सक्सेस ये प्रधानमंत्री रहे कितने बड़े पॉलिटिशियन रहे तो अब सोच लीजिए इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल नोबेल पुरस्कार से प्राप्त हुए थे पूर थे पूर्व प्रधानमंत्री भी इंग्लैंड के तो उस समय सूर इनके जो है इसी नक्षत्र नक्षत्र में में था में था जेष्ठा एल्विस पिछले हॉलीवुड के अभिनेत्र हैं इनका भी जन्म जेष्ठा नक्षत्र में ही हुआ था तो दर्शकों आप सुनिए जेष्ठा नक्षत्र के जो फलादेश होते हैं सत्ताईस नक्षत्रों में से ज्योति अठारवा नक्षत्र माना जाता है ज्येष्ठा नक्षत्र सबसे चतुर तथा जोड़ तोड़ करने में सबसे निपुण नक्षत्र है यह जो पॉलिटिशियन में जोड़ तोड़ आज हो रही है ना तो देखिएगा जो भी पॉलिटिशियन अधिक करता होगा कहीं ना कहीं ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रभाव में जरूर होगा इसके प्रबल प्रभाव वाले जातक अन्य कई नक्षत्रों के जातकों की तुलना में शारीरिक तथा मानसिक रूप से अधिक परिपक्व हो जाते हैं ये अपने अधिकतर निर्णय लेते समय अपनी बुद्धि तथा अपने विवेक का प्रयोग करते हैं तथा इनमें उचित और अनुचित में भेद करने की भी क्षमता होती है ये अपनी सामाजिक छवि को लेकर बहुत ही ज़्यादा सावधान रहते हैं कि इनके ऊपर कोई दाग ना लग जाए तथा ऐसे अधिकतर जातक समाज में अपनी छवि एक अच्छे व्यक्ति के रूप में ही बनाना पसंद करते हैं इंद्रवाला हाल नहीं करते हैं फिर भले ही इनका वास्तविक रूप अपनी सामाजिक छवि के एकदम विपरीत ही क्यों ना हो ये अपनी भावनाओं तथा अपने प्रयोजन को छिपाने में दक्ष होते हैं इसी के साथ ये जातक अभिनय करने की कला में भी निपुण होते हैं जिसके चलते ऐसे जातक अपनी एक ऐसी छवि बनाने में भी सफल हो जाते हैं जो इनके वास्तविक चरित्र से बिल्कुल विपरीत होती है वर्तमान परिप्रेक्ष्य की यदि हम बात करें तो बहुत से ऐसे नेता इस नक्षत्र के प्रबल प्रभाव में माने जा सकते हैं जिनकी सामाजिक छवि तो बहुत ही अच्छी है किंतु जिनका वास्तविक चरित्र अच्छा नहीं है ये जितनी भी सीडी स्कैंडल्स वगैरह मिल रहे हैं जितने भी बाबा ये लोग पकड़े जा रहे हैं कहीं ना कहीं ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रभाव में जरूर होंगे ये नक्षत्र वाले जो होते हैं अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने में विश्वास करते हैं तथा तो अपने प्रत्येक कार्य के लिए समयबद्ध होते हैं अनुशासन का ध्यान रखने वाले होते हैं जुबान के बड़े पक्के होते हैं ये दूसरों की सहायता करने के लिए भी तत्पर रहते हैं तथा यदि कोई निर्बल है तो उसको ये लोग अपने सामर्थ्य से किसी बहुत बड़ी संस्था अथवा किसी व्यक्ति के साथ ये मेल मिलाप करा देते हैं ऐसे व्यक्ति वाले तिकड़मी बहुत होते हैं काना फूसी बहुत करते हैं उच्चाधिकारियों से कंप्लेन बहुत करते हैं कई बार ये लोग विवादों में भी आते हैं इनकी अधिकतर विवादों को न्यायपूर्ण ढंग से सुलझाने में ही इनकी रुचि होती है देखिए जुडिशरी लाइन में भी जेष्ठा नक्षत्र के जो है मतलब कई जातक हैं जो पर्सनली जिनको मैं जानता हूं जो कि जुडिशरी लाइन में है और जेष्ठा नक्षत्र का प्रभाव है तो ये लोग बहुत अच्छे न्यायकर्ता भी होते हैं न्यायिक प्रणाली के साथ साथ ऐसे ऐसे लॉयर को हम जानते हैं जो बहुत ही ज्यादा जो है छेड़छाड़ करते हैं जब मामले का निर्णय सीधा या इनके लाभ या हानि के साथ जुड़ा हुआ होता है तो ये ज्योतिष विद्या में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं ज्योतिष का सहारा बहुत जल्दी ये लोग लेते हैं ये अपने जीवन काल में समय समय पर सफलता प्राप्त करने के लिए ऐसी चीजों का सहारा लेते हैं जिनको नहीं लेना चाहिए ज्येष्ठा एक मूल नक्षत्र है इस अठारवें नक्षत्र में जो चंद्रमा है ये भवन का एक तारा इंटारिस मंगल का प्रतिद्वंदी है दोनों मिलकर शक्ति स्वनिर्भर स्वतंत्रता खतरे के आभास के घोतक हैं ये नक्षत्र परिवार में बड़ा जो है बनाता है आपको आप बड़े भाई होंगे या आप पिता के रूप में जो है यदि हैं तो आप लोगों के अंदर जो है वो प्रभुत्वता दिलाता है वो आपकी शक्तिशाली का एहसास कराता है या आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं किसी बड़े पद पर होंगे आपके अंडर में तमाम लोग होंगे इसके साथ साथ विद्वान होते हैं जातक के जीवन में ऊंचा स्थान पाने और चीज़ों को कुशलता से पूरा करने की क्षमता होती है जो जातक ज्येष्ठा नक्षत्र में लेते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में तमाम नकारात्मक चीज़ें दर्शकों कई लोगों ने बताई है हमने बहुत कुछ इसको सुना उसके बाद ही ये वीडियो हम तैयार कर रहे हैं तो बिल्कुल मत डरीयेगा गंडमूल नक्षत्र है सत्ताईस दिन के बाद पुनः इसकी शांति करानी पड़ती है सब मानते हैं लेकिन ज्येष्ठा नक्षत्र के जातक बहुत अच्छे होते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र के जो जातक होते हैं ना ये धार्मिक प्रथाओं में बहुत ज़्यादा शामिल होते हैं भौतिकवादी गतिविधियों में भी लिप्त होते हैं ऐसे जातक पॉलिटिशियन हो सकते हैं किसी ग्राम के प्रधान हो सकते हैं कोई कैबिनेट मंत्री हो सकता है कोई बहुत बड़ा पोइट हो सकता है कभी हो सकता है दान अपना सब कुछ करते हैं विद्वान होते हैं धार्मिक होते हैं और युद्ध के बड़े प्रिय होते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र के जातक नियमित व्यायाम करते हैं मजबूत दिमाग और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले होते हैं व्यायाम क्यों करते हैं पता है आपको क्योंकि जो बुद्ध है ये राजकुमार ग्रह है और हमेशा युवा दिखने की जो चाहत होती है ये ज्येष्ठा नक्षत्र वाले जातकों के अंदर होती है ये यदाकदा बहुत बैमानी भी कर लेते हैं पुरुष जातक की यदि हम बात करते हैं जिनका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है तो ऐसे जातक बलिष्ठ होते हैं सुगठित होते हैं ताकतवर होते हैं शक्तिशाली देह वाले होते हैं इनके दांतों में किसी ना किसी प्रकार की खराबी या विकृति आ जाती है ज्येष्ठा नक्षत्र वाले जातक जो पुरुष हैं ये हठी होते हैं क्रोधी होते हैं आक्रामक होते हैं ये विचारों के पक्के और नहीं झुकने वाले होते हैं आप इनको झुका नहीं सकते प्यार से तो इनसे काम करा लेंगे साहब लेकिन आप लोग झुका नहीं पाएंगे ऐसे लोग बिना सोचे बिचारे त्वरित निर्णय ले लेते हैं बहुत ज्यादा दिखावटपन से ये लोग रहित होते हैं इनके अंदर लेकिन ईगो बहुत जल्दी आता है ये अपने और दूसरों की बात को गुप्त नहीं रख सकते हैं भेद बहुत जल्दी खोल सकते हैं छोटी उम्र से ही ऐसे जातक अर्थ कमाने वाले अर्थ का मतलब होता है धन कमाना स्वउन्नत अपने बल पर उन्नति करना व्यवसाय में किसी से सहायता नहीं लेंगे और भाग्य से ये लोग संपत्तिवान होते हैं परिवार से दूर रहकर ही ज्येष्ठा नक्षत्र के जातक उन्नति करते हैं 18 से 26 वर्ष तक जीवन इनका अत्यंत कठिन और बहुत ही ज़्यादा संघर्षपूर्ण रहता है और बाद में 50 वर्ष तक धीमी रफ्तार से उन्नति इनकी होती है लेकिन बीच का जो समय रहता है इनके लिए बहुत अच्छा रहता है जातक अकेला चलने वाला परिवार से अलग माता पिता भाई बहनों के सहयोग से रही स्वानिर्भर होता है पत्नी जो इनकी होती है खुशी और परम सुख दोनों देने वाली मिलती है वही हम ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि स्त्री जातक जन्मी है इनकी बात करें तो स्त्री जातक जो होती है दृढ़ इच्छा शक्ति वाली प्रभावशाली असरदार जो है व्यक्तित्व वाली मानसल देह लंबी बुझाएँ सामान्य कद और बाल अधिक होते हैं जिनका घुंग में महिलाओं का जन्म होता है देखिए दर्शकों बहुत ही ज्यादा अति भावुक भी ऐसी महिलाएं होती हैं। तो इसी का फायदा लोग उठाते हैं लेकिन ऐसी महिलाएं ईर्षालु भी होती हैं सच्चा गहन प्यार करने वाली व्यवहार में स्वेच्छाचारी दृढ़ विचारी परिस्थिति के अनुसार ढलने में थोड़ी सी ये कमजोर मानी जाती हैं पुरुष जातक की भांति यह अपने और दूसरों की बातें गुप्त नहीं रख पाती हैं यदि रखना पड़ा तो बहुत ही ज्यादा बेचैनी होती है इनका दांपत्य जीवन कुछ अशांत होता है सास ससुर से कुछ अनबन होती है पड़ोसियों से कुछ अनबन होती है संतान से उनके बचपन में कठोर रहने के कारण युवावस्था में संतान इनकी विरोधी होती है मतलब समझे आप लोग मतलब यदि आप माँ हैं और आप अपने बच्चे के प्रति कठोर रहती हैं वो बालक वो शिशु जब बड़ा होगा तो आपके प्रति वो कठोर रहेगा आपसे बनेगी नहीं कई हमारे जो है मुनियों ने ऋषियों ने आचार्यों ने ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में कुछ फलादेश किया है आपको वो भी आज हम बताते हैं तो देखिए नारद जी के अनुसार नारद जी को सभी लोग जानते होंगे तो आचार्य या महर्षि या देवऋषि नारद जी के अनुसार गंडमूल नक्षत्र है इसमें अन्य गंडमूल नक्षत्र के फल का भी समन्वय करना चाहिए नारद जी ने कहा शास्त्रों में कहा गया है कि इसकी शांति करने से दूस दूर होता है इन लोगों को क्रोध अधिक आता है और ये बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं अपनी आय को बढ़ा चढ़ा करके बताने में इन्हें परम संतोष मिलता है परम सुख मिलता है खर्चीले बहुत होते चाहे जितना इनसे पैसा खर्च करा लीजिए इनमें काम वासना अधिक होती है तथा तो झूठ बोलना इनकी आदत में शुमार होता है रुपए पैसों के मामले में ये अविश्वसनीय होते हैं और ये अपने संघर्षों के बल पर ही आगे होते हैं वही दर्शकों बराहमिहिर ने कहा है बहुत बड़े ज्योतिषाचार बराहमिहर जी कि ये जो नक्षत्र में जिनका जन्म होता है ये धार्मिक विचारधारा वाले होते हैं प्रायः ये अपनी स्थिति से संतुष्ट रहते हैं यदि चंद्रमा प्रथम या पंचम भाव में हो तो ये कभी संतुष्ट नहीं रहते आप लोग अपनी कुंडली में देखिएगा कोई भी लग्न हो कोई भी राशि हो ज्येष्ठा नक्षत्र यदि है चंद्रमा प्रथम भाव में या पंचम भाव में है सेटिस्फैक्शन आपको कभी नहीं मिलेगा बराह जी ने जो लिख दिया है ना उसको कोई झूठला नहीं सकता है महारति पराशर के अनुसार ऐसे जातक जिनका नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र में होता है इनके अंदर बड़प्पन का भाव अधिक होता है यदि चंद्रमा शुभ पक्ष में है बली है तो ऐसे जातक अपनी बिरादरी और मित्रों में अच्छी प्रशंसा प्राप्त करते हैं शासन सत्ता में कोई बहुत बड़ा पद ये लोग अचीव करते हैं तो देखिए पराशर ऋषि ने ये कहा हुआ है, ऐसे जातक पराशर का ही वाक्य चल रहा है कि चंद्रमा का बुद्ध या मंगल के साथ दृढ़ योग हो तो लक्ष्मी हमेशा इनके साथ निवास करती है फिर से सुनिएगा ऐसे जातक जिनका चंद्रमा शुभ हो और चंद्रमा का बुद्ध या मंगल के साथ द्रग योग हो तो लक्ष्मी हमेशा इनके साथ निवास करती हैं। देखिए चंद्रमा बुद्ध के बारे में भी तमाम भ्रांतियां फैलाई गई है तो इस वाक्य से भ्रांति भी दूर होगी इसके साथ साथ दर्शकों को बताना चाहेंगे कि तमाम ग्रहों की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बोरियत मत करिएगा लेकिन आज आप लोग जो भी ज्येष्ठा नक्षत्र वाले हैं आप लोग जरूर देखिए चंद्रदेव यदि इस नक्षत्र में हैं तो जातक वरिष्ठपन और विशिष्टपन का आभासी होता है हर एक ग्रहों के बारे में हम बताएंगे। का रक्षक और मुखिया होता है विद्वान होता है थोड़ा सा वहम आता है इसके होता है, साहसी होता है, जीवन में अनेक कष्ट झेलने पड़ते हैं ऐसा जातक प्रभावी लेकिन चिचिड़ापन होता है संगीत प्रिय होता है ताकतवर होता है व्यवसाय में परिवर्तनशील होता है प्रारंभिक जीवन में जातक को कुछ कष्ट मिलता है या महागरीब रहता है ब्राहमीर ने कहा है कि चंद्र प्रभाव से यदि इसको देखना हो तो कभी कभी ऐसे जातक जो होते हैं हाजिर जवाब जवाबदेही होते हैं लेकिन इनका जो चेहरा होता है बहुत डरावना होता है यदि सूर्य देव ज्येष्ठा नक्षत्र में है तो क्या इसका फल होगा तो यदि सूर्य देव इस नक्षत्र में है तो प्रसिद्धि प्राप्त निर्जनता चाहने वाला महत्वाकांक्षी कर्मठ उच्च सामाजिक स्तर वाला अच्छे कार्य करने में सक्षम और परिवार के होता है लग्न की बात करें देखते हैं ना लग्न लग्न यदि जेष्ठा में पड़ जाए लग्न बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है तो ऐसे जातक जो होते हैं समाज में आदरणीय होते हैं स्वधर्मरत होते हैं बहुत बड़े लेखक राइटर होते हैं सम्मानीय होते हैं चरित्रहीन होते हैं कामुक होते हैं मित्रवान होते हैं और बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करने वाले पुचकारने वाले होते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र के चरणों का फल दर्शकों हम बताते हैं जो भी ज्योतिष से संबंधित ये वीडियो है ज्योतिष के छात्र देख रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो मील का पत्थर साबित होगा प्रथम चरण की बात कर लेते हैं तो प्रथम चरण का स्वामी गुरु है इसमें मंगल बुद्ध गुरु का प्रभाव रहता है दर्शकों ऐसे जातक जो होते हैं फाइनेंस से परिवार से अत्यावश्यक आर्थिक परिस्थिति के घोतक होते हैं जातक ऊंची जो है बड़े होते हैं ऊंची सुंदर नाक वाले होते हैं इनके केस जो है होते हैं कम होते हैं बाल जल्द, जल्दी झड़ते हैं इनकी भवें जो होती है पतली होती है थोड़े से ये कह सकते हैं कि धूर्ध टाइप के होते हैं देखिए हम जो भी बोलते हैं खुला बोलते हैं आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा लेकिन बहुत ही साहसी होते हैं गंभीर होते हैं निपुण भी होते हैं जा तक परिहास जनक का स्त्री की तरफ जल्दी आकर्षित होने वाला धार्मिक पुस्तकों के विचार में मग्न सबका चाहता होता है ऐसे जातक बुद्धिमान होते हैं उच्च शिक्षा प्राप्तक होते हैं और आर्थिक स्थिति डावाडोल रहने से रातों की नींद इनकी हराम हो सकती है खतरों से खेलना इनकी आदत होती है मतभेद से पैतिक संपदा प्राप्त होती है देखिए प्रथम चरण का ये फल है पुरुष जातक कृष्ण वर्णी भगवान कृष्ण के वर्ण का कमजोर हाथ पैर वाला प्रतिकारी होता है सात आठ सत्ताईस अट्ठाईस वर्ष में गंभीर रोग या मशीनी मशीन से संबंधित दुर्घटना में इनकी टांग नष्ट हो सकती है दुखद पारिवारिक जीवन अल्प मित्र वाला पत्नी से थोड़ा सा कष्ट होता है इनको मतलब पत्नी की तरफ से अच्छे संकेत इनके नहीं होते हैं वाद विवाद लड़ाई झगड़े होते हैं वही ज्येष्ठा नक्षत्र के द्वितीय चरण में यदि आपका जन्म हुआ है तो चूँकि इसका राशि स्वामी है शनि और इस पे मंगल बुद्ध गुरु का प्रभाव रहता है ये ऐसे जातक जो होते हैं इनको हम आपको बताते दें कि विदीर्ण मुख स्थिर अंग चौड़े दांत, चौड़ा सर, उनका मस्तक जो होगा चौड़ा होगा जुड़े अंग वाला कभी कभी देखते होंगे कि कोई पैदा होता है, उसके अंग जुड़े होते हैं तो दूसरा चरण होता है छोटा पेट बड़े नेत्र, आ, इनके अंदर जो है थोड़ी सी नपुंसकता भी आ जाती है सेक्सुअल पावर बहुत कम होती है ऐसे जातक पूर्णता प्रायोगिक स्वार्थी अनुशासित छोटी उम्र में परिपक्व और जवाबदार लक्ष्य पाने हेतु कर्मठ होते हैं अपने बल पर रोजगार ये लोग सृजित करते हैं तथा अपना भाग्य स्वयं बनाने वाले ऐसे जातक होते हैं तीसरे चरण की ओर चलते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो इसके स्वामी जो हैं शनि है, है ज्येष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण के इसमें मंगल बुद्ध गुरु का अधिक प्रभाव रहता है और एक चीज बता दें दर्शकों ऐसे जातक इन जिनकी नासिका बहुत चौड़ी होती है अग्रभाग वाले काले अंग विभाजित घने बाल वाला परितक्य बुद्धि वाला काल और विपत्ति युक्त होता है ऐसे जातक व्यवसायिक विकास की ओर अग्रसर अच्छा नागरिक जरूरतमंदों विशेषकर वृद्धों का मददगार होता है चलते हैं चतुर्थ चरण की ओर तो क्योंकि चतुर्थ चरण पर जुपिटर का आधिपत्य रहता है स्वामी इसका चूंकि गुरु रहता है और मंगल बुद्ध गुरु का जो है संयुक्त रूप से प्रभाव रहता है तो जो ऐसे जातक होते हैं ये सुंदर नेत्र वाले मृग समान इनके नेत्र होते हैं पुष्ट देह वाले इनके जो केस होते हैं ये भूरे होते हैं जातक गौरवर्ण का होगा दृढ़ इच्छा शक्ति होगी शांतचित्त होगा और अपने टीचरों का ऐसे जातक सम्मान करता है जातक अत्यंत भावुक आर्थिक विकासवान इच्छाओं की पूर्ति करने वाला और ये प्रेम प्रसंगों और यौन क्रियाओं में युवावस्था से ही संलग्न रहते हैं जातक अपने प्रेमी या प्रेमका को केन के तो तो ज्येत्र के बारे में उम्मीद करते हैं दर्शकों की हमारा ये कार्यक्रम देखिए आपको पसंद आया हो और भी चीजें कई ग्रहों के प्रभाव हैं लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो फिर अन्य किसी दिन और भी आपको बताएंगे तो कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइए पुनः आप लोगों को बता रहे जब भी हम लाइव होते हैं तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशन बिना किसी बाधा के आप तक पहुंचे अपनी कुंडली का एक विश्लेषण करवाना चाहते हैं स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं दीजिए इजाज़त आप सभी लोगों से विदा लेते हुए तब तक के लिए नमस्कार